को इस बारे में ख्याल रखना चाहिए क्योंकि शारीरिक प्रक्रिया ऐसी होती है कि उनकी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो सकती है जिससे उनकी ऑक्सीजन को खून में ले जाने की क्षमता कम हो जाएगी और इससे वो बेवजह कमजोर हो जाएंगी जिससे वो कम बुद्धिमान मालूम पड़ेंगी और हाँ अगर आरबीसी कम हुआ तो आप थोड़ा डम फील करेंगे क्योंकि दिमाग में पर्याप्त तो ऑक्सीजन नहीं है और शरीर और दिमाग दोनों वैसे काम नहीं कर रहे जैसा उन्हें करना चाहिए तो इससे बचने का एक बड़ा आसान सा तरीका है कि आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा शहद मिलाकर पीजे और ऐसा रोज कीजिए और आप देखेंगे धीरे धीरे आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा जब खून में ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो आप जबरदस्त ऊर्जा महसूस करेंगी अचानक सब कुछ एक्टिव होगा शरीर का अपनी मरम्मत करने का सिस्टम सुधरेगा मृत कोशिकाएं जल्दी जल्दी बदलेंगी आप शरीर में जो इनर्शिया या जकड़न महसूस करती हैं वो कम हो जाएगी मन में जो जकड़न महसूस करती है वो पहले से कम हो जाएगी